प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम टू नॉलेज में तो साथियों आ चुके हैं हम फिर से एक राजस्थान की नई टेस्ट सीरीज के साथ तो दोस्तों यह टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है तो दोस्तों अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे चैनल एम टू नॉलेज को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ें दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज साथियों आपका पहला प्रश्न है राज्य में सर्प उद्यान किस जिले में स्थित है राज्य में सर्प उद्यान किस जिले में स्थित है तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोटा में सर्प उद्यान स्थित है याद रखना दोस्तों इसको ऑप्शन सी को लॉक कर लिया जाए साथियों आपका दूसरा प्रश्न है राजा उदय भान ने कौन सा उद्यान बनवाया था जो दोस्तों राजा उदयवान थे उन्होंने कौन सा उद्यान बनवाया था बताना है दोस्तों आपको तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो दोस्तों वन विहार अभ्यारण था वो राजा उदय भान ने बनवाया था इसको भी दोस्तों याद रखना ऑप्शन बी को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका तीसरा प्रश्न है राजस्थान में फुलवारी नाल अभ्यारण्य किस ज़िले में स्थित है दोस्तों राजस्थान में जो फुलवारी नाल अभ्यारण है वो किस ज़िले में स्थित है तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयपुर में साथियों फुलवारी नाल अभ्यारण्य स्थित है ऑप्शन बी को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका चौथा प्रश्न है किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है किस जिले में दोस्तों वन विहार अभ्यारण्य है जो स्थित है यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको भी याद रखना तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धौलपुर में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है ऑप्शन डी को लॉक कर लिया जाए साथियों आपका पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा अभ्यारण अजगरों के लिए प्रसिद्ध है साथियों ऐसा कौन सा अभ्यारण है जो जिस अभ्यारण में अजगर पाए जाते हैं बताना है दोस्तों आपको यदि दोस्तों आपको इनका सही उत्तर पता हो तो आप कमेंट कर कर हमें बता भी सकते हैं तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों अजगरों के लिए प्रसिद्ध है याद रखना दोस्तों इस प्रश्न को भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑप्शन ए को साथियों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका छठा प्रश्न है राजस्थान में अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क कहां स्थित है दोस्तों राजस्थान में अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थित है बताना है दोस्तों आपको साथियों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में कई बार पूछ लिया भी गया है याद रखना दोस्तों इसको तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जोधपुर में अमृता देवी कृष्ण, कृष्ण मृग पार्क स्थित है जो दोस्तों जोधपुर जिला है उसमें अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क स्थित है याद रखना इसको ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका सातवां प्रश्न है राजस्थान में कहां पर जैव अभ्यारण स्थित है? राजस्थान में दोस्तों कहां पर जैव अभ्यारण स्थित है सॉरी दोस्तों जैविक अभ्यारण पर जैविक अभ्यारण स्थित है तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जयपुर में जैविक अभ्यारण्य स्थित है ऑप्शन डी को साथियों लॉक कर लिया जाए आठवा आठवा प्रश्न है दोस्तों आपका राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें जंगली मुर्गे पाए जाते हैं तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माउंट आवी माउंट आवु अभ्यारण में साथियों जंगली मुर्गे पाए जाते हैं याद रखना दोस्तों इसको ऑप्शन ए को लॉक कर लिया जाए साथियों आपका नवा प्रश्न है राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य पक्षी वे क्रोमेन के नाम के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है ये दोस्तों कर्जा पक्षी क्रोमेन हैं दोस्तों उनके लिए ऐसा कौन सा अभ्यारण है जो निवास के लिए आश्रय के लिए प्रसिद्ध है साथ ही उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य में कुर्जा पक्षी क्रोमेन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यदि यहाँ से पूछे ताल छापर अभ्यारण कहां पर है तो बताना है दोस्तों आपको चूरू में ताल छापर अभ्यारण दोस्तों चूरु में है ऑप्शन सी को लोकल लिया जाए साथियों आपका दसवा प्रश्न है राजस्थान के राजपक्षी घोड़ावन को राजपक्षी कब घोषित किया गया था जो दोस्तों राजस्थान का राजपक्षी है घोड़ावन उसको राजपक्षी कब घोषित किया गया था बताना है दोस्तों आपको साथियों यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है याद रखना साथियों इसको तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उन्नीस सौ चौरासी को घोड़ावन को राजपक्ष घोषित किया गया था याद रखना इसको ऑप्शन सी को लॉक कर लिया जाए साथियों आपका ग्यारहवा प्रश्न है महाराजा सवाई तेज सिंह ने फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब का क्या नाम था जो दोस्तों महाराजा सवायते सिंह की जो फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब थी उसका नाम क्या था इसको भी दोस्तों आपको याद रखना है तो साथ ही इसका सही थर ऑप्शन ए पीली किताब दोस्तों फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब थी उसका नाम पीली बुक किता... पीली किताब थी ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका बारहवा प्रश्न है राजस्थान के किस अभ्यारण में साइबेरियन सारस आते हैं ध्यान से सुनना दोस्तों प्रश्न को राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण है जिसमें साइबेरियन सारस आते हैं तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैला देव घना पक्षी उद्यान है दोस्तों उसमें साइवेरियन सारस आते हैं दोस्तों कैवला देन घना पक्षी विहार दोस्तों जो कि भरतपुर में है भरतपुर में है याद रखना दोस्तों इसको भी ऑप्शन बी को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका तेरहवा प्रश्न है मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो दोस्तों मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क है राजस्थान का कौन से जिले में स्थित है तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोटा में मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित है वैसे दोस्तों यह राजस्थान के चार जिलों से होकर गुजरता है कोटा और दोस्तों झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ और दोस्तों बूंदी बूंदी से होकर यह दोस्तों गुजर बूंदी दोस्तों चार जिलों में दोस्तों यह फैल फैला हुआ है और दोस्तों बात की जाए यदि कितने वर्ग किलोमीटर में है तो दोस्तों याद रखना है आपको 720 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वर्ग किलोमीटर में याद रखना दोस्तों इसको साथियों आपका चौदहवा प्रश्न है राजस्थान में केवलादेव देव घना पक्षी उद्यान किस जिले में है राजस्थान में दोस्तों केवलादेव देव घना पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसका उत्तर बताया है तो साथियों इसका सही उत्तर है भरतपुर जिले में दोस्तों केवलादेव देव घना पक्षी उद्यान स्थित है ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों इस टेस्ट सीरीज़ का आपका आखिरी सवाल है राजस्थान के किस अभ्यारण में उड़ने वाली जो दोस्तों गलहरी है वो पाई जाती है दोस्तों तो राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण है जिसमें उड़ने वाली गलहरियाँ पाई जाती हैं साथियों तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीता माता अभ्यारण में दोस्तों उड़ने वाली गलेहरियाँ पाई जाती हैं दोस्तों इस प्रश्न को अभी याद रखना है दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कई बार कई स्थान की कंपटीशन एग्जामों में पूछ लिया गया है साथियों यदि आपसे पूछे कि सीता माता अभ्यारण कहाँ स्थित है तो दोस्तों आपको बताना है तो दोस्तों वह राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में सीता माता अभ्यारण्य स्थित है प्रतापगढ़ ज़िले में दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य स्थित है ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आज का वीडियो बस यहीं तक यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेलाइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों जिससे कि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और दोस्तों जितने भी विद्यार्थी राजस्थान कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वो सभी विद्यार्थी हमारे चैनल एम नॉलेज से जुड़े हैं दोस्तों यहाँ पर हम राजस्थान जीके की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद